वो हाल पूछते हैं वो हाल पूछते हैं कैसा हूँ मैं फिर ये सवाल पूछते हैं तन्हाइयों में बैठा मैं जलता रहा तन्हाइयों में बैठा मैं जलता रहा वो महफिल में बैठकर कर हसस कर मज़े लेता रहा और मैं इन सब के बाद भी कैसे नहीं जान पाया उसे ये अब भी नहीं जानता वो मोहब्बत मुझसे करता है या नहीं करता यह अब तक नहीं पहचान पाया यह अब तक नहीं पहचान पाया